आज के बाद खुशी को फोन मत करना फोन रख। खुशी की मम्मी पता नहीं क्यों नाराज है मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई